दोस्तों टीवी एड्स के पीछे की रियलिटी देख आपको भी वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों आपने कुछ ऐसी गरम-गरम फूड वाली एड्स तो देखे हो जिसमें ये एड्स वाले खाने को गरम दिखाने के लिए नीचे से हट एर ब्लोवर का यूज करते हैं तो वही गाइस एड्स में दिखने वाले लम्बे और सिल्की बालों को कुछ इस तरीके ऐसी ग्रीन स्क्रीन की मदद ऐसी शूट किया जाता है और तो और गाइस मूवीज और एड्स में दिखने वाले ये कमजोर काज रियल नहीं बल्कि फेक होते हैं जिन्हें शुगर की मदद ऐसी बनाया जाता है और दोस्तों एड्स में दिखने वाली यमी आइसक्रीम को भी शेविंग फॉर्म ऐसी बनाया जाता है ताकि वो शूटिंग के दौरान पिकल ना जाए तो वही दोस्तों सोडा की एड्स में से निकलने वाले चाक भी सोडा से नहीं बल्कि स्प्रिन टैबलेट की मदद से बनाए जाते हैं और दोस्तों एड्स में दिखने वाले टेस्टी चिकन को भी ऐसे गर्म करके उसके ऊपर शू पॉलिश लगा के ऐसा एट्रेक्टिव दिखाया जाता है और गैस लास्ट में फूड में से ऐसे निकलने वाले क्रीम को भी एक पाइप और इंजेक्शन की मदद ऐसी पंप किया जाता है